ज़ वेलकम टू द माई ब्लॉग इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ देख सकते हो ये हमारा ग्रीट पर्दे में वीडियो शूटिंग कर रहा है अभी रात के 11 बज चुके हैं देख सकते हो ये अभी लाइट है और ये रिंग लाइट है मेरे पीछे और कुछ इस तरीके से हम लोग वीडियो शूट करते हैं आपको आप अभी कुछ सेटअप वटअप नहीं है देख सकते हो हमारा रूम कुछ इस तरीके से है और वीडियो ऐसे शूट करते हैं हम लोग दोस्तों देख सकते हो ये हमारा रूम है और इसमें ग्रीन पर्दा लगा हुआ है इसी से बैकग्राउंड रिमूव करते हम ये रिंग लाइट है मोबाइल स्टेजा कैमरा वैमरा नहीं है ये दो लाइट देख रहे हो आपको और ये एक लाइट देख रहे हो इसके अलावा कुछ नहीं है यही है हमारा है ये, ये वीडियो हम शूटिंग करते हैं इसको रात को और दिन में ऐसे ही टंगा हुआ रहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इजिली बैकग्राउंड रिमूव हो जाते हैं ये रिंग लाइट देख सको ये हमें जो पड़ा था पाँच सौ का और इस्टेबलाइजेशन भी बढ़िया है इसमें कोई दिक्कत नहीं एक है हमारे पास माइक ये माइक है जो ये पड़ा था दो सौ रुपये का इस माइक है ज़्यादा महंगा कुछ है नहीं हमारे पास मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है और आप लोग ऐसे कुछ सपोर्ट वपोर्ट करते रहे तो ऐसे वीडियो आ जाइए आते रहेंगे दोस्तों आप तो देखे लिए होंगे इधर मेरा ग्रीन पर्दे से वीडियो शूटिंग हो रहा है और बैकग्राउंड इसी सी रिमूव हो रहा है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे वीडियो आते रहेंगे नॉलेजबल कंटेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना वीडियो रोज ही हमारा वीडियो आते रहेंगे ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है बिल्कुल नॉर्मल सा है ये रिंग लाइट वग़ैरह और